उत्तर प्रदेश का वो सीएम जिसने काकोरी कांड के आंदोलनकारियों का मुकदमा लड़ा था की सजा मुक्र कर दी थी ऐसे में उनका मुकदमा लड़ने के लिए वो शख्स आगे आया जो आगे चलकर आजाद भारत में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बना कांग्रेस पार्टी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जब मतभेद गहरा गए तो यही व्यक्ति मध्यस्थ बना सरदार पटेल के निधन के बाद वह देश के दूसरे गृह मंत्री बने भाषा के आधार पर पुनर्गठन उनकी सबसे बड़ी राजनैतिक उपलब्धियों में से एक रही हिंदी को राज के कार्य की भाषा का दर्जा दिलाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है हम बात कर रहे हैं भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की आज उत्तराखंड के इस सपूत की एक जयंती है पंत जी का जीवन रोचकता व संघर्षो से भरा हुआ था दरअसल पंत जी का परिवार महाराष्ट्र मूल का था पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंड में 30 अगस्त अठारह में हुआ था पर वह अपना जन्मदिन 10 सितंबर को मनाते थे क्योंकि इसी दिन वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 1909 में पंत ने कानून की डिग्री लेकर प्रैक्टिस शुरू कर दी थी उनके बारे में प्रसिद्ध था की वे केवल सच्चे केस लेते थे झूठ बोलने वाले मुवक्ल का केस ही छोड़ देते पंत जी ने देश की आजादी नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार भी हुए कई सालों तक देश की अलग अलग जेल में रहे साइमन कमीशन के खिलाफ 29 नवंबर 1927 में लखनऊ में प्रदर्शन करते हुए अंग्रेजों के लाठीचार्ज में पंत के गले में चोट आई नेहरू भी पंत से काफी प्रभावित थे गोविंद बल्लभ पंत का निजी जीवन दुखों से भरा रहा उन्होंने कम उम्र में ही पिता को खो दिया वकालत शुरू करने से पहले ही पंत के पहले बेटे और पत्नी गंगा देवी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद उन्होंने पूरा समय कानून और राजनीति को दे दिया 1912 में परिवार के दबाव डालने आरोप उन्होंने दूसरा विवाह किया दूसरी पत्नी ऐसी बेटा हुआ लेकिन कुछ समय बाद ही बीमारी के चलते बेटे की भी मौत हो गयी उन्नीस में उनकी दूसरी पत्नी का भी देहांत हो गया फिर उन्नीस में 30 की उम्र में उनका तीसरा विवाह कला देवी से हुआ गोविंद बल्लभ पंत बचपन से ही स्वास्थ्य कारणों से जूझ रहे थे उन्हें 14 साल की उम्र में ही पहला हार्ट अटैक आया था गृह मंत्री रहते हुए 7 मार्च 1961 में उनकी मृत्यु भी हार्ट अटैक के कारण ही हुई